साथियों नमस्कार सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमारा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने का सपना था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृहमंत्री अमित शाह जी ने इसको साकार करने की ओर एक कदम आगे बढ़ा दिया जी हां धारा 370 की हम बात कर रहे हैं और धारा 370 को उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं तो हमारे अष्टोविदासी परिवार की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं आप आगे ही बढ़िए देशवासी आपके साथ खड़े हुए हैं और जो अपने आप को ठगा जो है जो अपने आप को गुलाम मानते हैं वो कभी आजाद हो ही नहीं सकते अब आप जान गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का नाम लेना भी जो है अपनी जुबान को गंदा करना होगा या ऐसी पार्टी का नाम लेना अपने जुबान को गंदा करना होगा जो कि राष्ट्रहित में ना खड़ी हो तो ऐसे लोगों का आप लोग भी जो है विरोध करिए और जहां भी दिख जाए आप लोग उनको तुरंत नकारिए उनको भगाइए दर्शकों आने वाली कुछ स्थिति विकट होने वाली है इसीलिए ये वीडियो को आज हमने बनाया है ग्रह योगों की स्थिति कुछ खतरे का संकेत कर रही है हमने अपने कंपनी टैब में डाला ही था लेकिन दर्शकों बताना चाहेंगे कि काफ़ी भयानक स्थिति नौ अगस्त के बाद से होने वाली है एक तो देखिए वक्री शनि और उससे द्वादश गुरु जी हाँ यह स्थिति पूर्व से बनी हुई है और आप देख भी रहे हैं कि देश में आजकल कैसा माहौल चल रहा है तथा सिंह राशि में सूर्यदेव जो रहेंगे स्वाग्रही हो जाएंगे ये सोलह अगस्त से और सूर्य मंगल का पराक्रम योग भी बनेगा सूर्य जो रहेगा सिंह राशि का साहसिक निर्णय लेने में क्षमता जो है विकसित करता है तो ये स्थिति देश के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी शनि से बारवा बृहस्पति शनि को दृढ़ निश्चयी बना देता है और कठोर निर्णय लेने की स्थिति निर्मित करता है यहाँ पर दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे संघर्ष की आशंका भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है संघर्ष से इंकार नहीं किया जा सकता है कश्मीर की स्थिति की बात करें जो चल रहा है तनाव चल रहा है एक माह में तीन ग्रहण जो है हुए और आप देख लीजिए कि इसका क्या प्रभाव आया कि पानी कितना ज़्यादा बरसा तूफान कितने ज़्यादा आए तो ये सब पूर्व में संकेत थे इवन हम आपको बताएँ कि चंद्रयान की यदि हम बात करें जो चन, जो है चंद्रयान छोड़ा गया पहली बार उसमें प्रॉब्लम आई थी वो तो ग्रहण काल के पहले जो है आ, सही मुहूर्त नहीं था लेकिन बाद में उसको सुधारा गया इवन बाकायदा ज्योतिषियों के द्वारा जो है शुभ मुहूर्त का चुनाव किया गया उसकी पूजा पाठ की गई उसके बाद चंद्र ग्रहण का प्रक्षेपण हुआ तो ये सब संकेत थे देखिए जो ग्रह थे 18 सितंबर 2019 तक का शनि का मिराज जो है कुछ ऐसे ही रहेगा युद्ध जैसी स्थिति से निर्माण जो है युद्ध जैसी स्थिति निर्मित होने की आशंका रहेगी और एक बात बता दें दर्शकों चाहे वो ईरान के परिपेक्ष में हो अमेरिका के परिपेक्ष में हो भारत के परिपेक्ष में हो या पाकिस्तान के परिपेक्ष में हो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी 9 अगस्त के बाद जो है हो सकता है और विनाशकारी कुछ समय ये आ सकता है युद्ध के तौर से इनकार किया नहीं जा सकता है और ये जो युद्ध रहेगा अंतिम दौर का रहेगा निर्णायक रहेगा वर्तमान जो समय रहेगा कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है कोई युद्ध यहाँ पर आरम्भ हो सकता है 16 अगस्त से स्वग्रही सूर्य और मंगल की युति संबंध हमने बताया कि कोई बहुत बड़े युद्ध विनाश की ओर इशारा करेगी विश्व के लिए आर्थिक मंदी का जो है जो दौर आरंभ हो गया है लेकिन 16 अगस्त के बाद से इसमें तेजी आती हुई दिखाई देगी तो ये तो थी दर्शकों स्थितियाँ इसको आप भविष्यवाणी भी कह सकते हैं हमारा सुझाव भी कह सकते हैं एक बात बताएँ दर्शकों की हमेशा अपने देश के हित में खड़े रहिएगा राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए स्वार्थ जो स्वार्थी लोग हैं उनसे अपने आप को दूर करिए और उनको पहचानिए लोकसभा में जो भी विधेयक पास हुआ इस पर देखिए कि किन्हों इसके जो है पक्ष में वोट किया किन्होंने विपक्ष में वोट किया ऐसे जयचंदों को आप पहचानिए और यदि आपके आसपास वोट मांगने आते हैं भटकते हैं तो इनको तुरंत डिनाई करिए इनको भगाइए आप क्योंकि देखिए देश सर्वोपरि है ये लोग अपने स्वार्थी हैं और सही में श्रीनगर में जो तीन परिवारों का वो चला आ रहा था खर्चा पानी वो बंद हो चुका है और बहुत अच्छी चीज़ है ये और वहाँ पर सब अमन चैन से हमारे भाई साहब खुद वहाँ पर जो है सी में हैं खुद वहाँ पर मोर्चा संभाले हैं और देश हित में हमारे परिवार का भी योगदान है और ईश्वर से हम जो है प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें सही सलामत रहें तो दर्शकों जो कुछ भी हम लोग जैसा देख रहे हैं वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है बहुत अच्छा कश्मीर है वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं कुछ जो है सौ में दो चार लोगों की वजह से पूरे नब्बे लोगों को गलत कहना नहीं जो है अच्छा लगता है और एक बात बता दें जो सोशल मीडिया पे तमाम लोग जो है वहाँ पर प्लाट खरीदने के लिए वहाँ पर लोगों की शादी करने के लिए तो ये सब बहुत ही गंदी चीज़ है ये सब से आप लोग दूर रहिए दर्शकों ये सब आपके संस्कार परिलक्षित करते हैं वो लोग भी अपनी बहन हैं बेटियां हैं माएँ हैं तो प्लीज़ ऐसा कोई जो है बात आप लोग सोशल मीडिया पर ना कहिए जिससे आप लोगों के जो है संस्कार परिलक्षित हो तो दर्शकों एक युद्ध की ओर एशिया जो है महाद्वीप बढ़ रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है खैर हुई है वहीं जो राम रची रखा जो राम ने रचा है वही होगा दीजिए इजाज़त ज्योतिष के किसी नए वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार